तो हेलो गाइस क्या हाल है यार तो ऐसा कि आप लोगों को पता था कि नहीं एक मिनट मतलब पता ही नहीं था मैंने बताया ही क्या पहले मैं निकला था डेजर्ट मतलब जो भी है माइक्रो क्या बोलते हैं यार इसको <laughs> माइंड क्राफ्ट हाँ काफ़ी दिनों बाद कर लो ना माइंड क्राफ्ट की दुनिया तो इसमें मैं एक्सप्लोसन ए... क्या बोल रहा हूँ एक्सप्लोर इसको एक्सप्लोर करने के निकला था क्या है ना तो मैं अभी डिजर्ट टेम्पल के अंदर आ चुका हूँ मैंने ये रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करिए इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम पहले तो टीएनटी ऐसा टी ये सब ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना और मैं कुछ भी नहीं लेके आया हूँ आपको पता भी घर से मैं कुछ भी लेके नहीं निकला था क्योंकि तो मैंने बोला था ये अलग ही एक्सप्लोर करेगा अपन मतलब ऐसे कि जैसे आपन शुरुआत से खेल समझ रहे हो ना तो देखते क्या निकलेगा ये क्या निकला एफिसंसी वन ठीक है चलो ले, ले लेते बाकी तो ठीक ठाक सामान है क्या है भाई दूसरे में दूसरे में दूसरे में भाई दो और बुक है ये देख लो पावर और एक्सएस भाई क्या मस्त है यार मस्त मस्त मस्त भाई सॉरी आयरन चलो कोई नही आयरन मिल गया थोड़ा बहुत लेकिन जरूरत ही क्या है यार अब तो क्योंकि बहुत अपने पास आयरन की कमी है क्या फिर भी रख लेंगे क्योंकि फ्री की चीजें छोड़ के करेंगे भी क्या भाई डायमंड भाई डायमंड मिल गए बोल लीजिए डायमंड अजय देवबंद जी को विमल मिलने पे जितनी खुशी होती है उतनी खुशी मुझे अभी हो रही है चलो अब बाहर निकलते हैं हम्म हम्म हम्म भाई बाहर जाते वक्त अरे कैसे प्लेसिंग करता हूँ यार भाई नूब नहीं बोलेगा अगर बाहर ही मिलता तुमको भाई देखो मैंने ये टी लिए थे ना उनसे मैंने ब्लास्ट कर दिया सब कुछ आपको पता भी है अभी तो मैं एक विलेज में आ गया हूँ और यहाँ कुछ ज़्यादा खास है नहीं और मैं घर के लिए वापस निकल रहा हूँ तो अरे मुझे ये बताओ ये क्या चीज़ है यार मतलब ये इसके अंदर एक भी लकड़ी नहीं ये है कौन सी मतलब कुछ नई बायोम है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका तो बताओ यार क्योंकि भाई नूब नहीं बोलेगा है ना कोई क्योंकि मुझे पता नहीं रहता यार नूब कैसे बोलोगे तुम भाग वैसे कोई बोलता नहीं कमेंट में मुझे पता है तो कमेंट मेरा खाली रहता है हमेशा और शेयर और सब्सक्राइब तो तुम कभी करते नहीं हो ये विलेज है और भाई खाने की कमी नहीं है आपको क्या बताओ लेकिन हमारे पास क्या खाने की कमी है इनसे ज़्यादा खाना है इनको ख़रीद ले गए अपन क्या समझाए हाँ ठीक है भाई चलो और लूट देखते हैं खाना मिल गया तो चलो कोई नहीं है मैं तो खाली हाथ निकला था घर से और गोल्डन मैंने क्या बोलता हूँ यार ये जो डायमंड मिला तो उससे मैंने स्वाड बना लिए और इससे हम मारेंगे आयरन चचा को तुमको पता भी है आयरन चचा सॉरी आयरन चचा पर क्या करें यार आदत से मजबूर है ये नहीं बोलेगा आयरन के लिए माना लेकिन क्या कर भाई रूल है नहीं है मानना पड़ता है माइंड क्राफ्ट के कितने मिले आयरन पहले देख रहा तो मेरे पास कितने थे देख लिए चलो एक है ना और ये कितने दे रहे है? आ, भाई पाँच आयरन चाचा बड़े ही अच्छे दिल के थे भाई कुछ भी बोलो चलो भाई अभी इनस... भाई यार ये क्रीपर पीछे पड़ गया है का मेरे छोड़ी ना ये देखो फिर पीछे भाई क्या करूँ यार मेरे पास सील्ड भी नहीं है मैंने तो बनाई नहीं मैं भूल गया क्योंकि डेजर्ट में डेजर्ट लक, में लकड़ियाँ नहीं मिलती डेजर्ट नहीं भाई खाने की चीज़ नहीं है डेजर्ट आई रेगिस्तान हटाओ अपन अपने हिंदी में चलते हैं रेगिस्तान रेतीला चलो अंदर भागते भाई ऊपर भाग जाता हूँ मैं तो बाहर में जान दो वरना चाला कृपा पीछा छोड़ने रही है भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो भागो ये तो अच्छा हुआ है विलेज मिल गया थोड़े दिन में यही रेलू का गया क्या देखो हाँ शायद गया गया इसे भी शायद सा, रात हो रही शायद नहीं मतलब रात हो ही रही है लगभग लगभग शाम तो हो गई है सो जाते हैं गया क्या गया गया गया गया शायद गया पक्का गया ना पूछ जो ऐसे चलो कोई नहीं आ तो गई इस मैं वो वहाँ से निकल चुका था तो यहाँ पर मैं दूसरा टेम्पल मिल गया तो मैंने बोला चलो अब लूट तो करेगी यार मानने से तो रहे नहीं हम है ना चलो अंदर ही मिलते डायरेक्ट ये अंदर आ चुके हैं यहाँ थोड़ा अंधेरा है सेन कर लो कुछ नहीं मिला है दिया मतलब टेंपल नहीं दिया माइंड क्राफ्ट वाले हैं दूसरे में हाँ तो चलो इस पर ये चलो ये कि नहीं क्या एक पॉइंट फिनिटी चलो काम में आएगी फिशिंग भी करेंगे हम क्या एक एपिसोड में अपन फिशिंग भी करेंगे किसी में लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है गाइस की मेरी एग्जाम आने वाली है सबसे बड़ी बात तो ये है तो आप शायद इसके बाद वीडियो नहीं आ पाएगी यार प्रॉब्लम ये है ठीक है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना जब तक तो आप जैसे सब्सक्राइब बढ़ाते रहो तो मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो शेयर करते रहो चलो तक तो भारी मिलेगा लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन मैं ट्राई करूँगा एक आधी बार आए जाए आ जाए ठीक है ना तो मैं फिर जा रहा था तो रास्ते में एक और टेम्पल मिल गया तो अब लालची तो हम है ही है ना देखते क्या मिलता है चलो ठीक ठाक और भी ठीक अरे भाई इन्चाइंटेड देते क्या चले जाता चलो चलो चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं यार हाँ चलो ये सब लेके अपन घर ही जाएगी है ना चलो घर के लिए निकलते हैं अरे अरे भाई व्हाट अरे यार गलती से तो प्रेशर प्लेट पे पाव चले गए यार चलो कोई नहीं एग्ज़ाम के बाद भी दू आएगी या फिर बीच में भी आएगी ठीक है